हिस्ट्री का क्विज नंबर टू ये रहा आपके स्क्रीन पर सेन वंश की स्थापना किसने की ऑप्शन आपके पास है बल्लाल सेन हेमंत सेन विजय सेन और सूरज सेन आपको इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए पाँच सेकंड मिलेंगे चलिए इसका उत्तर मैं बता देता हूं इसका सही उत्तर है हेमंत सेन सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की थी यह रहा आपके स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कृष्ण प्रथम जो राजकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको सही आंसर इसका कमेंट बॉक्स में लिखना है